नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले घर में आर को कैसे रिपेयर किया जाए देखिए ये आर ओ की बैटर ऊपर से चालू है और आरओ का इंडिकेटर भी जल रहा है लेकिन मतलब इसमें करंट आ रहा है लेकिन आर बंद है तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं इस स्टार्टर को ये देखिए छोटा सा स्टार्टर लगा होता है ये खराब होता है इसमें और कुछ खराब नहीं होता इसको बदल दीजिए लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप एक छोटी सी प्रोसेस कराते हैं हम इसके जो दोनों वायर पर ऊपर से बड़े बंद करिए उसके बाद में ये दोनों वायर को यहाँ से निकाल लीजिए इस तरीके से फिर ये पिन को यहाँ से निकाल इन दोनों वायर बन के आपस में ऐसे कनेक्ट कर दीजिए बस ये ठीक है देखिए पूरी तरीके से चालू हो चुका है ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए लाइक करें, करें सब्सक्राइब करे और दोस्तों को शेयर करें धन्यवाद